भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजरा सांसद ये पतंग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जी ट्वेंटी देशों की अध्यक्षता के प्रतीक के तौर पर आसमान को छू रही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पर पर वाँ ग्णार। वाँ ग्णार। जो अध्यक्षता मिली हमारा गौरव है हमारा सौभाग्य है हम गौरवान्वित में खजरा उ और मुझे लगता है की ये जो बैठक होगी कल बैठक है और खजराज है तो दुनिया के अंदर और ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे जो पता ही जिस प्रकार से ऊंचाइयों पर जा रही है भारत भी उसी प्रकार से दुनिया के अंदर नेतृत्व करने को आगे बनाया और आज व्यंजन में बेलखंड के व्यंजन भी चाहे परात से लेकर के कैथा की चटनी और पता नहीं क्या क्या यहाँ के जो व्यंजन हैं लोकल डिशेस के साथ जो मोदी जी कहते हैं कि आने वाले लोगों को मोटा अनाज मिलेट्स लोकल के हमारी ऐसी जो चीज़ें उनका स्वाद रहेंगे और गांव के अंदर की चाहिए यहाँ के पन्ना टाइगर रिजर्व को भी वो देखे इस दिशा में आज हम सब लोग पतंग उत्सव भविष्य के माध्यम से आज ये मेरा तो पूरा मध्य प्रदेश पूरा देश हमको, तो हमारी पहचान सब जगह से है। मेरा तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से सांसद हूँ एक खास तौर पर पूरे प्रदेश को जो और जी ट्वेंटी की जो तैयारी है वो देखते ही यहाँ बन रही है पतंग उनकी आसमान छू रही है वो सीधे साफ कर रहे हैं मेरा देश हो और जी ट्वेंटी की तैयारी में आज जिस तरीके का भोजन थाली में परोसा गया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 आपके के हाँ में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज